कटनी में तेज रफ्तार बस के साथ एक हादसा हो गया जिसमें 30 लोग घायल हैं और एक की मौत हो गई बताया जा रहा है कि बस में लगभग चालीस यात्री सवार थे सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उनका इलाज कराया गया उमरिया पान के पकरिया में एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई हादसे के समय बस में चालीस यात्री सवार थे जिनमें से एक की मौत हो गई वही तीस घायल है जिनका अस्पताल में इलाज जारी है सभी यात्री बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने